भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के सामने महिंद्रा फाइनेंस कंपनी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति चाकू लहराता हुआ दिखाई दे रहा है व्यक्ति का नाम बादशाह ठाकुर है जो खुद को छह मर्डर करके आया हुआ बता रहा है और जब इस, इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया तो वह बादशाह ठाकुर खुद घुटनों पर नजर आया पुलिस के सामने आप देखिए दो विंडो दिखा, दिखाई दे रही है जिसमें पहले विंडो में वह व्यक्ति खुद को बादशाह ठाकुर और छह मर्डर करने वाला बता रहा है सबको धमका रहा है वहीं दूसरे विंडो में वह पुलिस के सामने घुटनों के बल माफी मांगता नजर आ रहा है आ, जा लड़के दा लाना। लाना, दा दा जा। आने के अरे जल्दी आओ ना होगा है। लड़के मैं अभी यही हूँ यहाँ पेगा चक ले अभी तो पता नहीं किसको भेज दो ये अभी थाने में में परिषद कौन है? गेट गेट बंद बंद करो, देखो होगा, मैं गलत तरीके यूज कर समझ लो। अब गेट बंद होगा यहाँ से समझ नहीं आया है है <questionlichidée> ना ये 3 4 डड़ के लाके बताना मेरे भाई तुम तो यार हम ओरिंदर गोपाली हैं हम भी ठाकुर हैं हम भी डाकू हैं हां लगा समझा हां नहीं नहीं तुम भी 40 डड़ के लाके बताना मुझे मत बताना मेरे भाई तू बताना सर ये और बड़ी करती हूं मैं बहुत बड़ी करती हूं अपना यवराज नहीं होगा मैं तो बहुत बड़ी करती हूं दरसौरी में वो बताओ कर कर मैं बार ना केजरीवाली छोड़ दीजिए आप देख रहे हैं दखल न्यूज